छतरपुर में बारिश की वजह से तीन मंजिला मकान भर भराकर गिर गया जिसमें पांच लोग दबकर घायल हो गए घटना के बाद घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया घटना कोतवाली क्षेत्र के सरानी दरवाजे के बाहर की है जहां 50 साल पुराना मकान बारिश की वजह से मंगलवार की सुबह गिर गया जिसमे घर पर सो रहे दो महिलाओं सहित पांच लोग दब गए जिन्हें मोहल्ले वालों की मदद से बाहर निकाल जिला अस्पताल भेजा गया मकान गिरने से घर के मालिक की गृहस्थी का सामान भी दब गया घटना के बाद नगर पालिका के अमले ने मौके पर पहुंचकर जर्जर मकान को जेसीबी की मदद से जमीन दोस्त कर दिया घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है हम लोग सो रहे थे सुबह पौने छह बजे करीब अचानक अपने मन से सीमेंट मल मां गिरने लगा लड़की जा रही थी स्कूल तो उसने देखा की कुछ गिर रहा है तो आवाज लगाते लगाते हम लोग उठ भी नहीं पाए और मकान गिर गया वो पांच पांच लोग को चोट है और मामूली चोट है करीब होगा 25 साल 30 साल पुराना मकान होगा नगर का समय पे नहीं आई दो घंटे तक हमारे जानवर भी चपे रहे टाइम भी ले लिया और लेकिन जानवर तो सही शॉट निकल आए है पीछे वाले रास्ते से जैसी होश आया दीवार गिरी पड़ी थी तो एक दूसरे को निकाल के हम लोग निकल गए कुछ पुराना मकान था जो बरसात में कारण क्षतिग्रस्त हो गया है गुलाब सिंह बुंदीला का मकान है जो सुबह लगभग पौने छः बजे क्षतिग्रस्त हो गया है और सौभाग्य से कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है सभी लोग सुरक्षित हैं सबको अस्पताल पहुंचाया गया है घायल हुए थे जैसे पाँच लोग घायल हुए हैं जैसे दो अभी अस्पताल में हैं बाकी लोग मामूली प्राथमिक उपचार करके उनको शायद छुट्टी दे देते हैं